विरसा के चाटोली में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई तथा एक गंभीर रूप से घायल है वहीं इस घटना को लेकर कलेक्टर एवं बिजली विभाग को ज्ञापन प्रेषित किया गया मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का के महामंत्री सुभाष बोहत एडवोकेट ने चाटोली में घटित गंभीर घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कलेक्टर एवं बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन ई संदेश के माध्यम ऐसी प्रेसित किया है बोहत ने कहा की पूरे कुरवाई विधान क्षेत्र में अधिकांश गाँव में विद्युत विभाग की गंभीर लापरवाही के कारण अनेकों बार गंभीर घटनाएं घटित हो रही है अनेकों बार इसकी शिकायत मेरे द्वारा स्वयं और सैकड़ों नागरिकों द्वारा बिजली विभाग के अधिकारियों से की गई है कई बार धरने प्रदर्शन आंदोलन भी सिरोज कुरवाई और गंजबा सौदा में किए हैं लेकिन अधिकारी कर्मचारी बिजली विभाग के सुनने को तैयार नहीं है ऐसी घटना आज चाटोली में फूल सिंह अहिवार उनके ग्रामीण साथी राम सिंह बघेल के साथ बकरियाँ चला रहे थे अचानक की अचानक बिजली विभाग की लापरवाही के कारण तार टूट गिर गया और दोनों गंभीर रूप ऐसी जख्मी हो गए और फूल सिंह अहिरवार की मौके आरोप ही मृत्यु हो गयी इसके अलावा राम सिंह बघेल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कांग्रेस नेता सुभाष बोहत एडवोकेट ने उक्त घटना की जांच के लिए आग्रह किया है उन्होंने कहा कि ऐसी अनेक घटनाएं घटित हो रही हैं और बिजली विभाग के कारण लोगों की जानें जा रही हैं। बोहत ने कहा अहिरवार और रामू सिंह बघेल दोनों ही ग्रामीण गरीब व्यक्ति है उनका संपूर्ण इलाज शासन द्वारा कराया जाए और उनको आर्थिक मदद पूरी तरह ऐसी दिलाई जाए बिजली विभाग अपनी गलतियाँ स्वीकार नहीं करता और आर्थिक मदद के नाम पर जब आदमी अपना आवेदन प्रस्तुत करता है वह तो कुछ ना कुछ बहाना करके व्यक्ति को ही गलत ठहराने का प्रयास करता है बोहत ने कहा कि इस प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिया गया और सिरोन जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले ग्रामों में जो बिजली के तार नीचे लटक रहे हैं या टूटकर गिर गए हैं या खंभे नहीं है या डीपी के ढक्कन खुले पड़े हैं तत्काल प्रभाव ऐसी उन्हें सुधारा जाए अन्यथा बिजली विभाग के खिलाफ जंगी प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा विदिशा ऐसी हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट देखते रहिए खबरदार साथियों, आज एक अत्यंत दुखद घटना मेरी विधानसभा विधानसभा क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र जो मेरा कर्म है, है। घटित हुई सिरोन जनपद के चाठोली गांव में मेरे एक साथी गरीब साथी जो बकरिया चरा रहे थे अहरवार इसके अलावा एक राम सिंह बघेल दोनों चाठोली में लगभग एक बजे बिजली के तार टूटकर जो घटना घटित हुई है उसमें अहरवार साथी की मौके पर ही मृत्यु हो गई है दूसरे राम सिंह बघेल अत्यंत गंभीर रूप से घायल हैं मेरे मित्रों अनेकों बार मैंने और मेरी दोनों बेटियों ने बिजली विभाग को धरने ज्ञापन देकर चेताने का प्रयास किया है लेकिन किसी प्रकार से विभाग के अधिकारियों ने इस तौर इस ओर गंभीरता से नहीं लिया और आज चाटोली में यह घटना घटित हो गई है आज मैंने ईमेल संदेश के माध्यम से कलेक्टर महोदय पुलिस अधीक्षक महोदय और बिजली विभाग के महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर उस विवत्स घटना पर न्यायिक जांच के लिए मांग किया है और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने जिनकी लापरवाही के कारण यह घटना घटित हुई है उनके खिलाफ़ कार्यवाही करने और मृतक को पर्याप्त मुआवजा राशि दिलाने की मांग मेरे द्वारा की गई है